मैं गुमान सिंह और आप देख रहे हैं मारवाड़ पत्रिका का डिजिटल चैनल हक व हकीकत के साथ देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए हमसे बने रहें हमारे इस चैनल को को सब्सक्राइब जरूर करें हमारी तमाम पोस्टों को आप लाइक पुलिस था थाना के आगे आक्रोशित ग्रामीणों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है जानकारी के अनुसार 15 अगस्त को तेजाराम देवासी के साथ कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े में, कर, कानों में पहनी सोने की मूर्खी को कान कर, कर भाग गए थे जिससे पुलिस को, को सुपुर किया था लेकिन पुलिस ने बिना कार्रवाई किए ही अपराधियों को छोड़ दिया वही ग्रामीणों ने पुलिस थाने पर प्रदर्शन किया तो पुलिस ने आनंद खानन में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था अन्य आरोपी फरार है जिसके चलते ग्रामीणों ने गांव में हुई आशापुरा मंदिर महादेव मंदिर रामदेव मंदिर में गांव में पुलिस की गश्त बढ़ाने लूट के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने व अपराधियों को बचाने में लगे पुलिस कर्मियों को तुरंत प्रभाव से पुलिस थाना झाब से हटाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है वही ग्रामीणों को समझाइश करने पुलिस उपाधीक्षक का नरेश शर्मा भी धरना स्थल पर पहुंचे अब हम ग्रामीणों से समझाइश की एवं घटना स्थल का भी जायजा लिया लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गांव में हुई अलग अलग चोरियों का खुलासा एवं लूट के प्रकरण में सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तब तक, तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा क्या इनके आपस में कोई संबंध रहे हैं पिछले छह महीने में सुबह तो अपने सामने दूसरा इनका रूट चार्ट जारी करवाओ की जिस समय घटना घटित हुई कुछ वक्त विस्लवियों की तो कोल लोकेशन कहाँ पर आ रही थी मेघ वालों की कोल लोकेशन कहा तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा सच्चाई सामने आ जाएगा कई बार क्या होता है आंखों देखी बाजी हो सकता है उनका उस वक्त ये पुलिस कार्रवाई नहीं करेगा यही दी करेगी सरकारी आदमी सरकारी डीजल बैंकों फर्क क्या पड़ रहा तो दे है ठीक है अपने जाओ गस्त करो अगर कोई उठाई ग्रह इस तरह के छोरे वहाँ मिलते हैं एक आद को लाके सिक्योरिटी का दो पट्टे मार दो यार हमने भी यही स्थल पर हीराराम देवासी अमरापुरा तेजाराम देवासी धरनावास केशरदान चारण धरनावास दीपाराम चौधरी धरनावास ओखाराम शैली रणमल सिंह बोरली धूलाराम आनंदाराम झा जयरूप सिंह बोरली हरी सिंह राव बगाराम देवासी नारायण सिंह लक्ष्मी सिंह उमेश सिंह हमीर सिंह सहित सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण मौजूद है और अनिश्चितकालीन धरना शुरू है